तो गाइस आज मैं ये बताऊंगा तो मतलब डिस्काउट में आप कैसे बॉट ला सकते हो एक इजी वे में एक बात ये वे आपको मतलब आपका खुद का एक सर्वर होना चाहिए किसी येरा मेरा वाला सर्वर खोल के यहाँ पे जाओ लेकिन डिस्काच व ये के बाद आपको पहले पहले लूने जाना है टॉप पॉइंट जूची पे और फिर आपको कुछ नहीं करना है आपको अपना यहाँ पे लॉग इन कराएगा फिर आप लॉग इन कराया तो जाओ भी अपना अकाउंट लॉग करना पड़ेगा जैसे सब एक्सेस कर पाए और वो तब वर्ड ला पाए या तो कर देना नहीं करना होने के बाद आपको मतलब नीचे, जाने। नीचे जाने। ये लिखा learn more, learn more. जाना नीचे जाना होगा ना लर्न मोर्ड लर्न मोर्ड इधर जाना किसी देखो ये माला बर्ड मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे जाओ क्लिक किया मैं ये यहाँ पे, पे अपना सर्वर चूज़ करो मैं तीन सर्वर है उसमें से कौन सा सर्वर मैं ये वाला ले लेता हूँ इसका नाम देख लो मेरे पास ये है लिए मांग रहे हैं तो पता है सारे परमिशन ले ली और कह करके कर दो ये गया। तो अब तो यार एंड कर दो लिखा गया गया बात लैंडेड ये रहा वो टू सर्वर और किसी दूसरे सर्वर को देना होगा तो तब भी कर सकते हो कि सही तो मेरे पास है इसको वापस इसी सर्वर में लिया हूँ तब भी सेम ही इसका यही होगा हाँ ये, ये तो बार करने। बार करने के से बटी कभी कभी क्या करते देखो ये देखो मैंने ये वाला एक लिया था बॉट इसने मेरे को अपने ग्रुप में इनवाइट कर दिया इस वाले को भी ले लिया तो वैसे इन बॉटों को से कभी कभी क्या होता है ऐटो से सब करोगे ना दूसरे से भेजना हो तो क्या होता है ये मतलब अपनी लिंक खोल देते हैं अभी भी करनी नहीं अन सेक्योर तो अभी क्या होगा नॉट सक्योर आ गया मतलब कनेक्शन इज नॉट मैंने ठीक है ये अपने लिंक खोल देते हैं किसे वायर में से रहेंगे बता दी नज आपको बहुत सारे सकते हो, जैसे वोटिंग बोन आ गया वापस से आया मैं वापस में जाना सरवर ले लिया मैंने ऐड टू सर्वर, तीन सर्वर थे मेरे खुद के ठीक है मेरे आपके खुद क्यों नहीं चिलेगा मैंने कर लिया I know, I mean, look, अभी ऐसे कुछ में मैसेज भी कर सकते हैं बहुत तो देखो बोल रहे अपने जरूर को वापस खोलते हैं तो बहुत सारे बहुत हैं बिजते हैं अभी मैं देखा हाँ माइ भी करती है इसके में भी ऐसे बॉड थी लोगों ने उनको दे दिया तो नहीं था मैं ऐसे दिया किसी के ये ज्वाइन करा रही थी मेरे को ऐसे में बार बार कर लू बहुत भी बहुत आपके लिए तो और मैक्स अलग एक ऑफिशियल बॉट के लिए भी आपको बताऊँगा जिसके लिए मैं तो ये मेरी पहली वीडियो है इस इसी से थोड़ी सी फ्राक मिल गई मजाक कराना पहले मेरा भी यूट्यूब चैनल था अकाउंट भी कर लेना अभी न्यूज करना नहीं रहता मैंने मेरा अकाउंट एक्सपायर हो गया तो इसके वजह चैट कर लिया ना चैट कर लेना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट सर फेसबुक इंस्ट्यूब पे चलाता नहीं अभी कुछ महीने बाद कुछ महीने बाद बोलता है बहुत ले में ले दो कर ज्वाइन कर देना मेरा है नाम मेरा मैं आपको लिंक करके डाल दूंगा मैं तो इसके बारे में नहीं नहीं पता मैं को को पता आई थिंक think... मैं टोटल देखो कि ना बहुत सारे बॉटम में इंक्लूड कर देता हूं और अभी मैं सिखाऊंगा कोई ऑफिशियल बॉट कैसे बनाता है कैसे मैंने एक यूट्यूबर के दिखाते हूं मैं फ्री फायर भी खेलता हूं बहुत सारे लोगों ने आपको एक यूट्यूबर का दिखाता हूं देखो नाम नहीं तो नहीं दूंगा तो भूंगा दिखाता हूँ कोई ये वाला ऑफिशियल ये मैंने देखा तो हाँ। से मैच कर सकते हैं तो बॉड कुछ रहिएगा और मेरे पास एक बड़ा यूट्यूबर आप चलाते है। पर दिखा। पर दिखा। दिखा। अब करते हैं, करते वीडियो बाय बाय बाय इसका सब्सक्राइब कर देना, कर देना, कर देना, लाइक कर कर कमेंट बाय Otherwise. बस एक वटर मापा आएगा उसके बाद आप देख लो बस एक वटर मापा लगाना है फिर आप उसको देख लेने लेंगे